अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है प्रेम से भरी हुई आंखें श्रद्धा से झुका हुआ सिर सहयोग करते हुए हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए पां और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं अच्छे समय से ज्यादा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 और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता तुम समय को रोक नहीं सकते परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही है सरल को कठिन बनाना आसान है परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष है जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में